गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं श्याम कुमार इंडिया मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत करता हूं मैं ठीक हूं उम्मीद करता हूं आप लोग भी ठीक होइएगा जैसा कि मैं पॉलिटिक्स में आपको राष्ट्रपति के बारे में संविधान का परिचय क्या होता है उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको आज लोकसभा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग में एक डिमेरिट देखा है मैंने कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं पूरा नहीं देखते आप पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरा पूरा फ़ायदा वीडियो का नहीं मिलेगा आइए देखते हैं लोकसभा देखिए लोकसभा लोकसभा क्या होता है तो लोकसभा जानने से पहले आप संविधान के बारे में मैंने आपको बताया था तो संविधान के बारे में मैंने मैंने बताया बताया था तो बताया था तो संविधान के तीन अंग होते हैं एक होता है लोकसभा दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति ठीक है तो आपने संविधान का परिचय पढ़ा ठीक है राष्ट्रपति के बारे में जान लिया राष्ट्रपति क्या है उसका क्या क्या कार्य है अब हम चलते हैं लोकसभा उसके बाद पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में तो आइए लोकसभा के बारे में विस्तार से हम जानते हैं कि लोकसभा क्या है तो सबसे पहले संविधान में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है याद रखिए कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और अस्थाई सदन कहा जाता है अस्थाई सदन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है तो लोकसभा में जिस समय लोकसभा संविधान का गठन हुआ था तो जिस समय लोकसभा में उस समय सीटों की संख्या 500 निर्धारित किया गया था सीटों की संख्या 500 निर्धारित किया गया था बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर कर कर दिया गया बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर पाँच कर दिया गया जिसमें से पाँच और प्लस दो दो जो है लोकसभा में राष्ट्रपति जो है सीटों का मनोनयन करता है ठीक है दो राज्यसभा में सीटों का मनोनयन करता है उसके बाद इसकी सीटों की संख्या फिर से बढ़ा के कितना कर दिया गया पाँच सौ बावन कर दिया गया तो फाइनली अभी वर्तमान में हम अगर देखें तो सीटों की संख्या लोकसभा में जो है वो पाँच है पाँच सीट में क्या है कि राज्य से जो है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से और राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता है वो ठीक है देखिए राज्य से 530 सदस्य आते हैं ठीक है केंद्र शासित प्रदेश से 20 आता है और राष्ट्रपति दो सदस्य को मनोनयन करता है तो देखिए टोटल सीटों की संख्या कितना है पाँच सौ है पाँच सौ में क्या देखिए आप कि राज्य से जो चु चुना चुन के जाते हैं राज्य से जितने भी राज्य हैं वहाँ अभी वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं ठीक है अट्ठाईस सॉरी 29 राज्य ठीक है उन्ति, राज। तो 29 राज्यों से जो चुन के आएंगे वो कितना सीट आएगा पाँच आएगा और केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट चुन के आएगा वो बीस सीट चुन के आएगा और राष्ट्रपति जो है इसमें दो व्यक्ति को चुनता है तो टोटल कितना हो गया पाँच बावन हो गया लेकिन अभी चुनाव कितने पे होता है 530 प्लस 13 और प्लस दो इसका मतलब है कि पाँच सौ सीट पर जो है चुनाव हो जाता है ठीक है यानी कि टोटल अभी कितना सीट पर होता है पाँच सौ पैंतालीस सीट पर चुनाव होता है तो देखिए मैक्सिमम सीटों की संख्या जो दिया दिया गया है लोकसभा में वो पाँच सौ बावन दिया गया है जिसमें पाँच सौ तीस राज्य को दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश को बीस सीट आवंटित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा दो सीट चुन के आता है लेकिन वर्तमान में चुनाव जो होता है वो 530 राज्य से आते हैं और तेरह केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और दो राष्ट्रपति चुनता है इसके बारे में आपने बखूबी जान लिया आइए देखिए राष्ट्रपति जो दो व्यक्ति को चुनता है इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 331 में किया गया ये याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति ती, तीन अनुच्छेद तीन के तहत दो व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है इस बात को आप समझ गए आइए आगे देखते हैं आपने पाँच सीटों के बारे में जान लिया कि कितने सीट कहां से होते हैं अब देखिए ये पाँच मैक्सिमम सीट जो है आपका इसमें एक संविधान चौरासीवा संविधान संशोधन हुआ ठीक है जिसके तहत यह कहा गया कि 2026 तक 2026 तक लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात ये हुआ कि पाँच सौ अभी वर्तमान में जो सीट है वो 2026 तक इसके सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है अब देखिए चूँकि इसका पाँच सौ सीट है और इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होना है अर्थात ये हुआ कि 2026 तक जो है उतने सीटों पर चुनाव होगा ठीक है ये कब किस संविधान संशोधन में कहा गया चौरासीवा संविधान संशोधन और किस ईस्वी में बना है ये तो दो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा ठीक है अब सीट के बारे में आप जान लिए तो देखिए इसका जो उम्र होता है 25 वर्ष इसका कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है ठीक है लोकसभा का कार्यकाल जो होता है पाँच वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है किंतु यदि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति चाहे तो इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है इस बात की चर्चा अनुच्छेद 85 में वर्णित है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है तो अनुच्छेद पचासी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है ठीक है तो सामान्यता लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का जो आयु होता है न्यूनतम आयु वो पच्चीस वर्ष होता है ठीक है और उसको समय से पूर्व भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया तो अनुच्छेद पचास के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति इसको दिया गया कि वो लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है यदि भारत में आपातकाल की घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा तो लोकसभा को पाँच वर्ष से बढ़ाकर छ माह अधिक किया जा सकता है अर्थात अगर आपातकाल का स्थिति उत्पन्न हो गया भारत में तो लोकसभा का कार्यकाल जो है मैक्सिमम छः वर्ष सॉरी छ माह तक बढ़ाया जा सकता है इस चीज़ को आप याद रखिएगा अब बयालीसवा संविधान संशोधन बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के तहत पाँच वर्ष से बढ़ाकर इसका कार्यकाल छः वर्ष कर दिया गया था बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस में हुआ बयालीसवाँ संविधान संशोधन को मीनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा बयालीसवा संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है बयालीसवाँ संविधान संशोधन उन्नीस ईस्वी में हुआ जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया किंतु ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला पुनः चौवालीसवाँ संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका कार्यकाल छः वर्ष से घटाकर पुनः पाँच वर्ष कर दिया गया बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में लोकसभा का कार्यकाल पाँच से छः कर दिया गया था पाँच वर्ष से छः वर्ष लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला ठीक है और अंततः क्या हुआ कि चौवालीसवाँ संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका कार्यकाल पुनः घटाकर छः वर्ष से पाँच वर्ष तक कर दिया गया अब देखिए लोकसभा का जमानत राशि जो होता है अगर लोकसभा में कोई सदस्य खड़ा होता है तो उसका जमानत राशि जो है 25,000 निर्धारित किया गया है अब ये जमानत राशि किस कंडीशन में जब्त हो जाता है यदि कोई सदस्य कुल सीटों का एक बटा छः सीट नहीं ला पाता है तो उस कंडीशन में उसका जमानत राशि भी जब्त हो जाता है याद रहेगा लोकसभा के सीटों का जो जमानत राशि होता है सदस्य का जमानत राशि वो होता है पच्चीस हज़ार और इसको बचाने के लिए सदस्य को ये या उम्मीदवार को ये हो लाना होगा कि कुल सीटों का एक बटा छ जो है सीट उसको लाना होगा ताकि उसका जमानत राशि बच सके ठीक है यदि कोई सदस्य यदि कोई सदस्य लोकसभा लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य है दोनों का सदस्य है याद रखिएगा यदि कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य है तो उसको 10 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर जो है किसी एक सदस्य किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी लोकसभा का या राज्यसभा इनमें से किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो 10 दिनों के बाद राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी यदि कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य बिना अध्यक्ष के अनुमति के यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य बिना अध्यक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के साठ दिनों तक साठ दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द समझी जाएगी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी याद रखिएगा इस पॉइंट को यदि कोई सदस्य साठ दिनों तक लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस् आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी लोकसभा के सभी सदस्य लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं इस बात को आप याद कर लीजिए फिर से मेरे साथ बोल के लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किन लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा यहाँ तक आपका सारा पॉइंट क्लियर हुआ आइए आगे देखते हैं ये देखते हैं आगे इस, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि अनुच्छेद 330 में कहा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में ठीक है अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में तो टोटल देखिए एक 131 सीट जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी अब प्लस एसटी, टी प्लस एसटी दोनों मिला के लोकसभा में जो सीट है वो 131 सीट है तो अनुच्छेद अनुच्छेद तीन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित किया गया है उन सीटों की संख्या 131 निर्धारित किया गया है अब एस के लिए जो सीट है वो अनुच्छेद चौरासी निर्धारित किया गया और एस सी के लिए जो है वो सैतालीस सीट निर्धारित किया गया है याद रखिएगा बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए याद रखिएगा अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी दोनों का इंक्लूडिंग 131 सौ सीट आरक्षित किया गया है जिसमें एससी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा एस सी होता है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और इसका देखिए एस टी होता है अनुसूचित जनजाति ठीक है तो अनुसूचित जाति अगर बोलेगा तो उसके लिए चौरासी सीट है और अनुसूचित जाति जनजाति बोलेगा तो उसके लिए सैंतालीस सीट लोकसभा में वर्णित है तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद तीन सौ तीस में कहा गया है अब देखिए इससे रिलेटेड और भी पॉइंट जो बनते हैं वो आप समझिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सभी सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है ऐसा मैंने बताया और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है लास्ट में मैं जितना चीज़ आपको बताया है उसके बारे में पूरा व्याख्या से फिर से बता देता हूं एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए इसको तो लोकसभा में प्रारंभ में सीटों की संख्या कितना था 500 था याद हो गया लोकसभा में सीटों की संख्या प्रारंभ में 500 था बाद में उसकी सीट कितने हो गए पाँच प्लस पैंतालीस प्लस दो दो जो है लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है ठीक है यानी कि पाँच पे उसके बाद फिर से उसकी सीटों की संख्या मैक्सिमम बढ़ाकर कितना कर दिया गया पाँच यानी वर्तमान में अभी अगर पूछा जाए कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितना है तो वो है जिसमें से पाँच राज्यसभा से सॉरी राज्य से चुन के आते हैं और जो है बीस केंद्र शासित से और दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आपको मैंने इतना तक बताया था याद हो गया होगा अब संविधान में बयालीसवां संविधान संशोधन हुआ उन्नीस में जिसमें लोकसभा का कार्यकाल जो पाँच वर्ष का होता है उसको बढ़ाकर कितना दिन कर दिया छः वर्ष कर दिया गया था लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था और अंततः चौवालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस के तहत लोकसभा का कार्यकाल छ वर्ष से घटाकर पुनः पाँच वर्ष कर दिया गया अर्थात वर्तमान में अभी लोकसभा का कार्यकाल जो है वो पाँच वर्षों का होता है लेकिन अनुच्छेद पचासी के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि लोकसभा को पाँच वर्ष से पहले भी समाप्त कर सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर यदि भारत में आपातकाल की घोषणा हो जाए तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा का कार्यकाल छः महीने तक बढ़ा सकता है ठीक है अब राष्ट्रपति चौरासवा संविधान संशोधन 2001 के तहत यह कहा गया है कि पाँच सीट ही 2026 तक रहेगा उसके सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को चुन सकता है इस इस बात की चर्चा अनुच्छेद तीन में है इस चीज़ को आप याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में कहा गया है जिसमें कुल सीट एक आरक्षित किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए चौरासी सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए सैंतालीस सीट है इन चीज़ों को आप याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं अर्थात सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं यदि कोई सदस्य दो जगह से चुनाव जीतता है लोकसभा का तो उसको चौदह दिन के अंदर किसी एक जगह से उम्मीदवार रद्द करनी होगी अन्यथा स्वतः उसकी उम्मीदवार किसी एक जगह से रद्द मानी जाएगी यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य है तो उसको 10 दिन के अंदर या तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त करनी होगी या राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करनी होगी यदि यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो 10 दिनों के अंदर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी यदि कोई लोकसभा का सदस्य बिना लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के साठ दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है आइए लास्ट में समझते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या यूपी में यूपी में सॉरी यूपी में सत्तर है ठीक है और महाराष्ट्र में आ, सॉरी uh, यूपी में 80 है महाराष्ट्र में 48 है और बिहार में 40 सीट आवंटित किया गया है याद रखिएगा यूपी में 80 सीट लोकसभा का है महाराष्ट्र में 48 सीट है और बिहार में uh, 40 सीट लोकसभा में uh, ये किया गया है उन्नीस में पहली बार समय से पूर्व जो है लोकसभा का विघटन किया गया था इन चीज़ों को आपने समझा देखा अब इन चीज़ों का आप जो है नोट बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने का राष्ट्रपति के बारे में पहले से वीडियो बन चुका है संविधान के परिचय के बारे में वीडियो हम बना हैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके अब राज्यसभा का नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो राज्यसभा का आने वाला है ठीक है तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप पहले के हिसाब अपना प्यार बनाए रखें जय हिंद जय भारत